इन होठों से कुछ काम लीजिए इनसे हमारा नाम लीजिए अजय इन होठो से कुछ काम लीजिए इनसे हमारा नाम लीजिए हाजन लेना तो बिड़ी दादा तुम यार बिवड़ी डो की पाए